दरा नजम नंबर तीन अहदे तिफली ये दियारे नौ जमीनों आसमां मेरे लिए बस्त आगोशे मादर एक जहां मेरे लिए थी हरिक जुम्बिस नशान जहां मेरे लिए हरफ बे मतलब थी खुद मेरी जबाँ मेरे लिए दर्द तिफली में अगर कोई रुलाता था मुझे शोरफ जंजीर दर में लुत्फ आता था मुझे तकते रहना हाय वो तलक पह कमर वो फटे बादल में बेप आवाज पाँ उसका सफ़र पूछना रह के उसके कोह सहरा की खबर और वो हैरत डरोगे मसलहत आमेज पर आँख वकफे दीद थी लब माइले गुफ्तार था दिल नथा मेरा सरापा जो के इस्तार था